पिछले पार्ट पे हम देखते हैं कि राइस्टर उन दोनों येलो क्रिमिनल को कैसे मार देता है और उसके बाद रेड क्रिमिनल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो राइस्टर के साथ फाइट करने लगता है उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा भयानक फाइट चल रहा था और उस बीच में राइस्टर को गुस्से आ जाता है और वो रेड क्रिमिनल को एक ही मारता है और रेड क्रिमिनल का वहाँ पर मौत हो जाता है उसके बाद उन तीनों राजिस्टर को थैंक यू बोलता है कि उसे हेल्प करने के लिए उसके बाद वो लड़की बोलता है तुम अपना मास्क हटाओ और राइिटर जब भी मास्क कटाते हैं उनको पता चलता है कि यही वो नू एडम था जो अभी काफ़ी ज़्यादा प्रो बन चुका है उसके बाद राइस्टर कुछ नहीं बोल के पीछे मुड़ के जाने लगता है और वो तीनों वहाँ पे बैठे रह जाता है काफ़ी शौक़ के साथ इसी के साथ स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है आपको स्टोरी कैसा लगता है में ज़रूर से बताना